दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एचबी और आज हम बात करेंगे किसानों की किसानों के खाते में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी दो रुपए की किस्त डालने वाले हैं तो आज हमारे पोर्टल पर शो हो रहा था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के द्वारा दो रुपए प्रातः ग्यारह बजे खाते में डाले जाएंगे अतः सभी किसान बंधु के लिए एक बहुत नई नई अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल का नाम है एच डी सी एस डिजिटल ऑनलाइन